यह है मॉडर्न बिहार और यहाँ इस हर साल यानी कर्मागत रूप से बाढ़ आते रहता है और अभी इसने लगभग दो तीन पीढ़ी से हम लोग एकदम बाढ़ पीड़ित है नमस्कार आप सभी का और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और मैं हूँ अभी अपने घर के बरामदे पर और स्थिति हमारे घर के आस क्या बनी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को हो सके जितना हो सके आप लोग शेयर करें बिहार में बाढ़ का आना कोई ये नई समस्या नहीं है लगभग 40-50 सालों से ये क्रमागत रूप से चलते आ रही है हर साल एक गंगा नदी कोसी नदी और गंडक नदी एक भयावह रूप ले लेती है जो कि हर लोगों का हर छोटे वर्गों का बड़े वर्गों का एक बहुत ही बड़ी समस्या बन जाती है अब देखिए इस वीडियो को कि गंगा का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब गांव की तरफ आगमन हो चुका है और आप समझ सकते हैं कि ये गलियारा है और इस गलियारे में ना तो नहीं कितने लोगों को आवागमन होता था आने जाने के लिए रास्ता होता था जो कि अब बंद पड़ चुका है और कितने लोगों जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है कितना लोगों को यहाँ पर अब समस्या होगा ये हम आम शब्दों में बयान नहीं कर सकते जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ वहाँ पर ग्रामीण भी वहाँ पर वीडियो कर रहे हैं या फिर एक दो एक जगह से दूसरी जगह शेयरिंग कर रहे हैं तो ये तांडव एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से हमारे गांव के लिए ये एक तांडव रूप है गंगा का जो कि बहुत ही क्षति पहुंचाता है हर साल हर साल बदलता है हर पंचवर्षीय में मंत्रिमंडल बदलते हैं लेकिन बाढ़ पर बिहार में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उन पर किसी का कोई एक्शन नहीं होता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है क्या बिजली और सड़क ही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है क्या बाढ़ हमारा समस्या नहीं है करोड़ों का नुकसान होता है करोड़ों का क्षेत्र बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद जो क्षति होता है जो नुकसान होता है वो मेन चीज़ है फसल यानी किसानों का फसल क्योंकि यहाँ के किस यहाँ के निन्यानवे प्रतिशत लोग खेती पर आधारित हैं और उसका मेन जो आमदनी होता है वो होता है उसका फसल और जब वो ही पानी में बह जाए वो गंगा की नदी में पानी में प्रवाहित हो जाए तो उसका फिर क्या उसका मसला क्या होगा और दूसरी चीज़ कि सरकार मुआवजा तो देती है लेकिन जो लागत आय होता है जो लागत लागत होती है किसानों की जो लागत होती है वो नहीं दे पाते हैं सरकार तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पार्ट पर भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि किसानों को राहत मिले मैं हूं इस वक्त अभी घर के अपनी छत पर और ये आपको नज़ारा दिखा रहा हूं कि हमारे घर के आसपास जो पानी का मंज़र है वो किस प्रकार से है पानी पानी का भरा भरा हुआ पानी भरा हुआ है, है और शायद आपको अच्छी तरह से नहीं पा रहा होगा मैं मैं देखिए ये रोड साइड्स आपको दिखा रहा हूँ कि क्या नज़ारा है नज़ारा हम नहीं कह सकते क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे घर के आसपास पानी है और निकलना चलना हर चीज़ हर चीज़ का समस्या हो जाता है और आगे सड़क है जहाँ तक जाने में हमें पूरे अभी तो अब पूरे छाती भर पानी होता है और अगर जो पानी का असर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो गले तक भी आ सकता है और उससे भी अगर जो बढ़ता रहा तो हम लोगों को बहुत समस्या होती है और उसको तैर कर पार करना होता है क्योंकि हमारा जो पालतू पशु पशु है वो उस पार होते हैं तो जाने आने में समस्या होती है एक और समस्या बढ़ जाती है कि जो पालतू पशुएँ पशुओं होती है पशुएं होती है जैसे गाय भैंस बकरी भोरे ये सब हो गए तो इन सब भी स्थानांतरण किया जाता है तो समस्याएँ होती हैं उसके चारा पानी में क्योंकि तो इस वक्त क्या होता है कि चरा पानी का भी जो भाव होता है नॉर्मली से अधिक हो जाता है तो किसानों को वो भी समस्याएं होती है तो मतलब हर तरह से किसान इस समस्या को झेलते हैं यह है, है मॉडर्न बिहार और यहाँ इस हर साल यानी क्रमागत रूप से बाढ़ आती रहता है और अभी से लगभग दो तीन पीढ़ी से हम लोग एकदम बाढ़ पीड़ित है फिर भी जो सरकारें बनती रहती है कोई आती है कोई जाती है लेकिन किसी प्रकार का बाढ़ पर किसी का कोई सोल्यूशन नहीं होता है बस बिजली और सड़क यही हमारे बिहार के सबसे दो बड़ी मुद्दा है बिजली और सड़क क्योंकि बाढ़ तो कुछ है नहीं बाढ़ में किसानों का नुकसान तो होता नहीं है अगर जो मान लीजिए 50,000 लागत होती है तो 10,000 सरकार मुआवजा देती है भैया चालीस कौन घटा शहर है किसान लोग शहर और यहाँ पर मवेशियों की जो स्थिति होती है वो सबसे बद से बदतर होती है क्यूँकी पहले जहाँ रहता था वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी होती थी लोग अच्छे तरह घर में रखते थे कॉल सेट होता था उसमें रखते थे बट अभी सड़क पर आप देख सकते हैं कहीं सड़क पर है कहीं कुछ है कोई बेच रहे हैं जैसे कि आ, कोई बेच रहे हैं, दूसरे किसान यहाँ बेच रहे हैं, जैसे उसको खिलाने पिलाने की भी नहीं होती है इस, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो हरा चरा कहाँ से डालेंगे तो ये स्थिति बन जाती है बाढ़ आने के बाद तो मैं निवेदन करूँगा वर्तमान के विधायक और सरकार से कि बाढ़ पर एक अच्छी एक्शन ली जाए जिससे कि किसान और आम जनता को परेशानी ना हो धन्यवाद